रियाकारी का फितना। नमाज इस्लाम के अंदर तोहहीद के बाद सबसे बड़ी इबादत है लेकिन अगर ये नमाज आप अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके पड़ोसी आपको नमाजी माने आपका मोहल्ला आपको नमाजी कहे अगर इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं तो माफ कीजिए आप जन्नत नहीं जहन्नम तैयार कर रहे हैं फवईल मुसलीम هم बर्बादी है उन नमाजियों के लिए उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज के जरिए रेकारी करते हैं दिखावा नहीं होना चाहिए अल्लाह हमारे मुंह पर मार देगा दिखावे वाली इबादत को मन रा राहही वह मन समा समा अल्लाहु बिही जो दूसरों को दिखाने के लिए नेकी करेगा अल्लाह दूसरों को दिखा देगा लेकिन सवाब नहीं देगा जो दूसरों को सुनाने के लिए नेकी करेगा अल्लाह सुना देगा लेकिन सवाब नहीं देगा रियाकारी से अपने दामन को बचाओ मेरे भाई अखलास पैदा करो ऐसा अखलास जो साहबा के अंदर था जो असराफ के अंदर था गरीब के घर गर में अनाज पहुंच गया गरीब को पता नहीं मेरे घर में अनाज पहुंचाने वाला कौन है ऐसा अखलास कि रात को रो रहे हैं हजरत अली हजरत अली रजी अल्लाह तुम अपनी दाढ़ी पकड़ के रात के अंधेरे में रात के सन्नाटे में रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अ दुनिया तू चली जा तू दूर जा मैं तुझको तीन तलाक दे चुका हूं अ दुनिया तू मुझे बर्बाद न कर तू हट जा दूर हो जा हजरत अली रजी अल्लाह तुम रात के सन्नाटे में रात की तनहाई में रो रहे हैं और अपनी आखरत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों रयाकारी से हमें और आपको बचना चाहिए अल्लाह ने आपको अगर दौलत दी है आप गरीबों की मदद करते हैं तो वो जो कहावत है नेकी कर दरिया में डाल उस कहावत पर अमल कीजिए आजकल तो नेकी कर फेसबुक पे डाल नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल आजकल तो ये रिवाज चल रहा है तो रयाकारी से अपने दामन को बचाएं